क्या आप भी काइन मास्टर से वीडियो एडिट करते हैं तो उस पर वाटर मार्क का निशान आता है अगर हाँ दोस्तों तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी जो एडिट किए हुए वीडियो पे जो वाटर मार्क का निशान आता है काइन मास्टर से वो नहीं आएगा और ये 100% परसेंट गारंटी है मेरी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं अमित टेक गुरु तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए चलिए मैं आपको और वो ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप काइन मास्टर से वीडियो एडिट भी करेंगे और उस पर वाटर मार्क का निशान नहीं आएगा वो भी बिल्कुल मुफ्त में आपको प्रो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ मैं सबसे पहले जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र परोम ब्राउजर के ओपन होने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाएंगे सर्च बॉक्स में हमें डालना है काइन मास्टर डी आई जी आई टी पिन डिजिट पिन डॉट कॉम यहाँ पर आपको ए डाल देना है ना दोस्तों ये आपका होगा ए पी के तो इसको फिर हम ओके कर देंगे आगे कर देंगे बढ़ा देंगे और यहाँ से देखिए दोस्तों ये सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है डिजिपिन का तो यहाँ पे हम इसे ओपन कर देंगे इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम, हमें जाना पड़ेगा ये देखिए नीचे आएंगे नीचे और स्लाइड करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर गोटू गो, गो डाउनलोड की जाएगा तो यहाँ आपको क्लिक करते हैं रेड वाले मार्क पर और फिर हमें नीचे जाना पड़ेगा और ये देखिए दोस्तों फिर काइन मास्टर का जो वर्ज़न है अभी लेटेस्ट वर्जन में जो ओरिजिनल ये है इसमें आपको आ, ये देखिए काइन मास्टर एम ओ डी टेप के क्रोमिक्स के अनलॉक दो हज़ार हैं तो आप रिशीव कर सकते हैं तो आप क्लिक कर दीजिए आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर नीचे स्लाइड होना पड़ेगा साइड आना पड़ेगा तो ये देखिए इसमें आपका और काइन मास्टर एमओी का जो वर्जन है ये आपका आ, चार पॉइंट आठ और तेरह का है तो आपको इसी करना है यहाँ पे तीन दिख रहे हैं आपको चार तेरह चार के और चार तेरह सात के तो आपको ये सबसे छोटा वर्जन भी है 52 टू का है तो आपको इसी को डाउनलोड कर लेना है क्लिक कर देंगे आप तो ये देखिए दोस्तों ये डाउनलोड होने लगा दोस्तों वैसे मेरे इसमें डाउनलोड है तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ देखिए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दबाइएगा और आप को, को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के.